कितनी मुहब्बत करते हो तुम मुझसे बोलो सुबह से लेके शाम तक शाम से लेके रात तक रात से लेके फिर सुबह तक तो मुझे प्यार करो ऑफिस में कौन तुम्हारा बाप जाएगा बाय बाय टाटा गुड बाय गया